hello and a very happy sunday to all of you i i was wondering as to how many engineering students i must have taught and i've been teaching for quite some time in fact more than teaching it is a training experience so i thought that engineers have a typical life and engineering students they have a topsy turvy a kind of a torrid ride a camel ride all their career while studying their engineering for 4 years and Today I can say that at least now I have one batch which I have looked right from the first year to the fourth year and as they call it season in big boss this would be the fourth season that I am I am with them so I was just thinking like what is the journey of an engineer is it a journey which is a mix of all emotion mix of events mix of projects internship whatever but certainly it is not easy certainly it is not that difficult also many of the engineers pass they have a wonderful time while studying but at the same time there is some good learning that generally after having good times you know spent with engineers i would like to bring few fine points you know to just make a lighter version of uh, my association with engineering college and my association with training word say with them so here i begin few pointers the first one i i always think is never judge a guy by his grade points if i if you are seeing a girl or a boy kind of dikhne mein aisa hi hai uske shirt hamesha open rahenge ya fir wo uh, chappal penke aa raha hoga to uske grade se usko aankh nahi sakte aur uske grade acche ho to wo acha hoga ye bhi zaruri nahi aur agar wo acha ban ke aa raha hoga to uske grade acche honge aisa bhi nahi hai एक बात जो मैंने देखी है वो मैं आपको क्लियर तो बता दूँ कि अ सिक्स पॉइंटर गाय और अ गर्ल आई हैव सीन वर्किंग विद एवेंसी सो दैट शुड ब्रिंग अ ग्रेट स्माइल अमंग ऑल ऑफ यू दैट ग्रेट डजन मेक अ ग्रेट डिफरेंस या वॉट यू नीड टू लर्न एज आई टेल यू आई बिन टेलिंग अ लॉड ऑफ टाइम बट सिक्स पॉइंटर्स कैन स्टिल मेक इट टू वर्क विद एन एवेंसी ओके द सेकेंड थिंग आई आई ऑलवेज फील इज what i have seen generally you know first year first year where people they come they have friends so i see a girl and a boy you know going there eating together they are being with each other for good time and i see that kind of a camaraderie but i see uh, after you know spending the four season with them suddenly the girl vanishes and she is with someone else or the boy you know <laughs> join some other company so what i am trying to bring here is partner badal jate those career nahi badal rahe the to so choose your career over your love angle that is what i want to i'm trying to bring to you all that is most important okay now the third thing is roommates bahut important rehte hain ab i have been to this thing. i've taught the cien students there were 14 of them i i've seen you know how their discomfort got into a comfort level but still they're trying to cope up with the environment the temperature part of it the food habit and the overall whatever is given to them so roommates play a very very important role in your life especially to the engineers never hesitate to shift with a career oriented guy uh, ये एक सच्चाई है क्योंकि आप आते हो अलग अलग जगहों से आप छोटी जगह से आ रहे हो और आप अचानक से देखते हैं कि अरे यार यहाँ तो सब बदला हुआ है यहाँ यार सब तो पैसे वाले हैं यहाँ कोई बहुत मस्ती करने वाला है यार इसका तो ऑलरेडी बिजनेस सेटअप है यार इसके माता पिता तो अच्छा कमाते हैं इफ़ यू हैव ऑल दैट कन फॉर बैकग्राउंड लेड एंड यू अंडरस्टैंड आई थिंक इट्स ऑलवेज मेक अप योर माइंड एक करियर ओरिएंटेड गाय के साथ रहिए क्योंकि आप घर छोड़ गया है ये क्लियर रखिएगा आप क्योंकि ये मैं साफ देखता हूँ कि जो भी बच्चा करियर ओरिएंटेड गाय के साथ रह रहा है तो आई थिंक वो भी वैसे ही फोकस हो जाता है तो आपके चॉइसेस हैं और कुछ नहीं लेकिन इस चॉइस को आप आप एक कॉन्शियस चॉइस बना सकते हैं ओके मेक योरसेल्फ सेल्फ अ स्किल्ड इंजीनियर कैसे स्मार्ट होते हैं लोग हार्ड वर्कर होते हैं रिसोर्सफुल होना सीखिए स्मार्ट वर्कर बनना सीखिए और स्मार्ट वर्कर से ज़्यादा स्ट्रीट स्मार्टनेस लाना सीखिए कैसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट को मैं अगर हॉस्टल में देखता हूँ कॉरिडोर में देखता हूँ और किस तरह से जुगाड़ करते हैं और इंजीनियर्स बहुत बखूबी करते हैं तो स्किल्ड कैसे होना है ये ध्यान में रखिए क्योंकि वही एक चीज़ काम आने वाली है आपका ज्ञान रहेगा लेकिन आप अगर उसे समझा पाए तो वो आपकी स्किल होगी या स्किल विल गेट यू अ जॉब नॉट द पॉइंट्स सो पॉइंटर्स के लिए अगेन मैं ये कि पॉइंटर्स सिर्फ आपके क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया होता है Eligibility का क्राइटेरिया हो सकता है लेकिन डेफिनेटली जॉब का क्राइटेरिया नहीं होता है क्योंकि मैंने अच्छे अच्छे बच्चों को देखा है फिर फॉल्टर एट द मेन पॉइंट ऑफ इंटरव्यू एंड आईव ऑल्सो सीन यू नो नॉट सो गुड पीपल बट देर दे आर स्ट्रीट स्मार्ट दे नो हाउ टू अंडरस्टैंड दे आर गुड एट अंडरस्टैंडिंग दे आर गुड एट ग्रासपिंग दे आर गुड एट रिलेटिंग सो ट्राई एंड नो एक्सप्लॉयड दैट स्ट्रीट स्मार्टनेस इन यू ओके द नेक्स्ट थिंग दैट इट कम्स टू माई माइंड इज आई सीन स्टूडेंट्स दे नॉर्मली डोंट लाइक द रूट स सो एक्चुअली दे आर द बेस्ट वन वाई बिकॉज दे आर बेसिकली शोइंग यू द मिरर ऑफ योर फ्यूचर कोऑपरेट लाइफ वेर यू विल हैडल प्रेशर टू कंप्लीट द टास्क एन ड्यू डे टाइमलाइंस है ना आपको टास्क दिया जाएगा आपको बोला जाएगा किया क्या कहाँ तक किया ये रोज की बातें होगी ये आपका प्रोफेसर आपके साथ आज कर रहा है कल जब कोई और करेगा तो आपको याद आएगी उनकी इसीलिए रूट प्रोफेसर्स हार्श प्रोफेसर्स और टफ टीचर्स ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है बॉस आने वाले लाइफ में यही चीज़ आप जब देखोगे तो आपको बहुत अफसोस होगा यदि आपने उनको कोसा होगा और उनकी सीख नहीं ली होगी ये मेरी तरफ से आज ये समझ लीजिए रू टीचर्स नहीं मैं बोलूँगा स्ट्रिक्ट टीचर्स थे इसीलिए आज मैं डिसिप्लिन हूँ दस में से नौ बार मैं समय पर क्यों पहुँचता हूँ इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दैम सो आई सेल्यूट ऑल माई मेंटल टीचर्स बहुत कटाक्ष बोल रहा हूँ एल्कोहल सिगरेट्स डोंट मेक मेमोरीज एट ऑल If you think that you are doing it in hostel if you are think that you are able to find out a room and you are enjoying boss alcohol cigarettes is a sirf addiction banta hai kitne engineers dekhe jo job mein hai lekin wo chutke chapate hai mere se nazar pher kar wo kaandi phookna tapri pe jana chaik le aaye mere ko maloom hai kis ke liye aaye to please usse addiction hota hai aur addiction kisi bhi cheez ke liye acha nahi hai don't fall for it i would say don't waste your time if you are not loving your subject sach hai अगर आप इंजीनियर हैं तो मैंने बहुत सारे इंजीनियर को बहुत सारे अलग अलग काम करते हुए देखे और बखूबी करते हुए देखे एनालिटिकल स्किल्स बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं आपके आपके सिंथेसिस बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं तो आपको ये सब्जेक्ट पसंद नहीं आता तो लीव करो डोंट क्रिएट सुसाइडल सरकमसेंसिस फॉर योर सेल्फ आखिरी अंत में आकर आप क्या करूँ पहले साल समझ में आ गया है? नहीं है छोड़ दीजिए मैंने देखे बच्चों को और अच्छा करते हैं बिल्कुल करते हैं और हर बच्चे में कुछ ना कुछ अच्छा रहता है उसको ढूंढ के निकालने की जरूरत होती है कई बच्चों को निकाल के दिया है मैंने क्योंकि मैं उनकी अक्सर फैसिलिटेशन करता हूँ आई आई कॉल माई सेल्फ एज अ स्किल इन्फ्लुंसर एंड फैसिलिटेटर माई डेथ नो हेल्प दम आउट एंड यू नो लेट दम फिगर आउट आई एम श्योर पैसे कमाना सिर्फ इम्पॉर्टेंट uh, नहीं है लाइफ में अपनी लाइफ को एंजॉय करना भी बहुत बड़ी बात है गर्ल्स रोमिंग विद मैनी पार्टीज विथ गॉट स्लट सॉरी गर्ल्स की रिस्पेक्ट करना सीखो गर्ल्स अगर किसी के साथ घूम रही है तो वो उसकी अपब्रिंगिंग है वो उतनी ओपन माइंडेड है बट शी इज़ नॉट अ स्लट प्लीज try and रेस्पेक्ट ट्राई एंड सी दैट द गर्ल हैज़ वैल्यूज टू राइट इफ शी इज़ ओपन टू मोर देन वन बॉय हैविंग इन अ सर्कल एंड शी इज़ मूविंग एज लॉन्ग एज शी moving in a circle, she definitely has a value. She is definitely some substance in her. तो उनकी respect करो उंगली दिखाना और एक जजमेंटल होना और एक सेंटेंस देना बहुत आसान होगा ऐसा नहीं करना चाहिए शायद कंपनीज़ ड्यूरिंग कंपनीशंस आस्क यू द बिग फिजिक्स प्रॉब्लम्स दे सिंपली आस्क यू अ यूप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड क्वेश्चनर्स एंड दे माइट बी एज यू नोट लेवल में जो पढ़ा होगा आपने वो लेवल के भी हो सकते हैं इसीलिए तैयार सबके लिए रही लेकिन कोशिश कीजिए अपना एटीट्यूड टेम्परामेंट ऐसा बनाइए कि यार मैंने अब तक तो जो सीखा है कॉन्शियसली सीखा तो मेरे को ये आ ही जाएगा डोंट वरी आ जाएगा आपको ट्राई टू अवॉइड बैकलॉग्स अगर हो सके तो बैकलॉग्स अवॉइड करना है क्योंकि मैनी टॉप कंपनीज का क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी रहता है कि वो 60 परसेंट के नीचे नहीं लेते हैं तो 60 परसेंट आए तो मैंने आपको कहा है कि वो लोग तो एम मिलती है आपको भी मिलेगी सर आप अगर इंजीनियर हैं तो आप डांसर भी होंगे आप पेंटर भी होंगे आप सिंगर भी होंगे आप एक्टर भी होंगे आप वेडिंग प्लानर भी होंगे आप अच्छे मार्केटर भी होंगे आप अच्छे सेल्समैन भी होंगे माइंड यू आप इनमें से कुछ भी बन सकते हैं बट अगर आप इंजीनियरिंग कर पाएँ और सिक्स पॉइंटर में भी कर पाए और अच्छी शिक्षा ले पाएं तो मेरे ख्याल से ये अच्छा है अपने पेरेंट्स की ड्रीम को बार बार मत बोलिए और आप इल्ज़ाम लगाएं कि उनकी वजह से आप है बट आप अगर जो भी है और आपके अलग हुनर है मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जिनके बहुत सारे हुनर हैं ब्लॉग राइटर है अच्छे म्यूजिशन से इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं दे ऑल विल बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ मैं लिख के देता हूँ आपको तो ये बात याद रखिएगा इंटर्नशिप जरूर लीजिए क्योंकि वो आपको जॉब रेडीनेस बताएगा और लास्ट में प्रोजेक्ट वर्क को सीरियस लीजिए क्योंकि आपको अल्टीमेटली चीज़ें कैसे करते हैं और उसका प्रोसेस क्या होता है उसके रिजल्ट क्या होते हैं और अल्टीमेटली उसको एंजॉय करने का एक तरीका वो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने इंजीनियर के बारे में कहा है वो पर्सनली uh, बहुत क्लोजली रह के देखा है एंड आई एम वेरी श्योर दैट यू वुड ऑल्सो इन्जॉय वॉचिंग दिस संडे स्पेशल वीडियो बेसिकली meant for democratically meant for my dear engineering students hey engineering students love you all <laughs> bye bye